जाएगा ना भिड़ो अरे कोई है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 तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए रुको जरा सब्र करो भाग बो सड़ी देखता देखो कितनी दूर भागता है रुका ना तुम पिछवाड़े पे ऐसी लात मारूंगा कि टट्टी करते वक्त ना चीख निकली देरी हवा निकल गई तो सलाह ये दुख कहे खत्म नहीं होता बे। बाय बाय टाटा गुड बाय गया so, रुको जरा सबर करो बहुत